गोरी की नंदा गजानंदी गोरी की नंदा ऊंची महाराज विघन गलो नंदा, गजानंदी के नंदा ओ जी महाराज विक्नगर महाराज गजानंदी की गोलिका ओ जी महाराज विक्नगर हो महाराज तुमारे शिव शंकर मस्तक पर चंदा पिता तुम्हारे शिव शंकर मस्तक पर चंदा ओ जगति महाराज विघ्न दो ओ जी महाराज विघ्न गणप पर... वाहन धूंलावाहन धूं लेना जंती माल माल ओ जी मारा जो विराज महाराज इस लाइन में बहुत ही सुंदर लिखा है कि हे मनवा हे इंसान हे प्राणी क्योंकि गणेश जी महाराज को अगर याद करने से उनका सुमिरण करने से सारे दुख दूर हुए करते हैं जो नरे तुम को नहीं सुमिरता उसका बाग नदी तुमको नहीं सुमिर उसका मंदा। ओ, ओ, ओ, ओ जो नदी खाली करे सेवना चले चले ओ जी गजानंदी की गोरी महाराज विकन गजो महाराज गजानंदी की विद्या विद्याना विघन कर मंगल करणी विद्या परि देना कहता राम भजन से कहता कल्लो राम भजन से कठिपापिता गजानंदी हो जी के